आखिरकार वागोड़िया का सफ़र मेरा आज यहीं कंप्लीट होता है अब मेरा जो अगला कदम है वो वागोड़िया से भीलापुर की तरफ है भाभी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ भाभी आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर रहा हूँ एक परिवार के जैसा मुझे महसूस हुआ संतोष भैया मेरे लिए ना केवल भैया बल्कि वो चिटा सामान भैया है जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहा है और इसी की बदौलत मैं कि दिल्ली से गुजरात में आके माने आ, अपनी जर्नी को पूरा कर पा रहा हूं हूँ पे जाने तभी का तभी बिलापुर का रास्ता मिलेगा जी कर दूर दूर तक खाली आपको ये सौ बीघे में फैला हुआ है शायद मैं इसको कवर भी ना कर पाऊँ मुझे तो डर लग रहा है कहीं इसमें कोई जीव जंतु ना हो लेकिन ऐसा मुझे बताया गया है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ पे आम बताते हैं कि 50 बीघे में लगभग खाली आम का बागान है हाय एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आज फिर एक नए दिन में मैं आपका स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल मैं वाघोड़िया से निकल गया था तो अभी मैं फ़िलहाल उसी भीलापुर के फार्म हाउस में दोबारा वापस आ गया मैं सोचा कि अगर मैं आया हुआ हूं तो आप लोगों को ये तिरसठ एकड़ का फार्म हाउस फिर से घुमा देते हैं आज हम कोशिश करेंगे कि आपको लगभग एक पूरा चक्कर इस पूरे फार्म हाउस का हम करवा दें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उस वाले हिस्से से आए थे और उस वाले हिस्से से कोने कोने कोने कोने करके हम इधर तक आए हैं लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था कि यहाँ पे एक जमाने में काफ़ी गाय और भैंसे हुआ करते थे और ये सारा मिल्क का जो प्रोडक्शन है हम लोग बड़ोदरा के बड़ोदरा सिटी के लिए सप्लाई करते थे लेकिन अभी फिलहाल बिजनेस प्लान को भैया ने चेंज कर दिया है अभी वो फार्म हाउस को कन्वर्ट करके रिजॉर्ट में बदलना चाहते हैं क्योंकि भैया भी काफ़ी घूमने के शौकीन हैं वो आप ये देख पा रहे हैं ये जो फेंसिंग हुई है इस फेंसिंग के दूसरी तरफ शायद नदी है अब नदी का नाम मुझे नहीं मालूम बाढ़ की जब स्थिति बनती है तो पानी चढ़ते हुए इस फेंसिंग के ऊपर तक भी आ जाता है लास्ट टाइम मैं जब आया था तब यहाँ पर ये फेंसिंग नहीं हुआ था एक व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं जो कि बीच बीच में एक ऐसा स्पॉर्ट बनाया जाता है ताकि वहाँ पर एक दो लोग जो इस पूरे फार्म हाउस में इस पूरे फार्म हाउस को जो मेंटेन करते हैं वो बैठे रहते हैं ताकि वो लोग चेकआउट करते रहें कि कहीं कोई जीव जंतु या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ना आया हो जो संदिग्ध हो तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है तो आप देख सकते हैं कि मैं लगभग कॉर्नर कॉर्नर से ही गुजर रहा हूँ और ये पूरा एरिया हम लोग हम लोग लगभग कवर कर हैं इसके अलावा ये जो मिट्टी है ये काफ़ी धसी धसी सी जा रही है जब मैं आदेश फार्म के रिज़ॉर्ट की बात करता हूँ तो आपको कुछ अलग भी यहाँ देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया से भैया ने इस रिज़ॉर्ट को प्लान किया हुआ है क्योंकि मैंने महसूस किया है मैंने इस पूरे फार्म हाउस को ना महसूस किया है ये अद्भुत है मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कभी ऐसा जीवन में मुझे ऐसे आ, रिजॉर्ट में आने का प्लान रिज़ॉर्ट में आने का मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं भैया के ही रिज़ॉर्ट को प्रिफेयर करूँगा फैमिली के साथ में यहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा बड़ौदा मेन सिटी से ये लगभग 19 या 20 किलोमीटर की दूरी पर है मुझे लगता है कि मुझे चलते चलते लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया और अभी हम लोग आधा भी इस एरिए को कवर नहीं कर पाए क्योंकि तो बहुत दूर तक तो फैला हुआ है ये फेंसिंग साइड से जब आप चलते हैं तो ऑलमोस्ट सभी एरिए को आप कवर कर लेते हैं अच्छा आप देख सकते हैं कि ये जो फेंसिंग है वो कोने कोने तक है लेकिन उधर से जाने का रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले शॉर्टकट रास्ते से उस वाले फेंसिंग उस कॉर्नर वाले फेंसिंग तक पहुँचते हैं फिलहाल बारिश भी बढ़ती जा रही है और चलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि मट्टी धसाऊ है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 अब हम लोग इस वाले एरिया से अब वापस घर की तरफ चलेंगे और इस समय हम उसी आम के बगीचे में आ चुके हैं जहाँ पे लास्ट टाइम हमने आपको ड्रा छोड़ा था बारिश का मौसम अगर नहीं होता तो मेक श्योर sure मैं आप लोगों को फेंसिंग फेंसिंग के थ्रू कवर करते हुए पूरे एरिया को दिखा पाता लेकिन फ़िलहाल बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है और मेरी मेरे गोप्रो की बैटरी भी थोड़ी ड्रेन हो रही है इसके अलावा रास्ते बेहद ही खतरनाक और आप समझ सकते हैं कि दलदली है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता आप देख सकते हैं मेरे चप्पल की क्या हालत है इसके अलावा इतना दूर तक ये फैला हुआ है कि आ, हम आ, अगर एक घंटे और भी चलते तो भी हम इस पूरे फार्म हाउस को कवर नहीं कर पाते बहुत ही दूर में फैला हुआ है ये और अभी हम लोग फ़िलहाल आधे रास्ते को भी नहीं कवर कर पाए लेकिन जितना भी मैं आपको दिखा पाया आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैं आप लोगों को फार्म हाउस के बारे में बताना चाहता था ये अपने आप में एक अद्भुत जगह है एडवेंचरस जगह है तो अगर भैया फ्यूचर में कभी फार्म हाउस आ, को कन्वर्ट करके रिज़ॉर्ट का प्लान करते हैं तो मेक श्योर sure हम लोगों को यहाँ पे आ, आने का मौका मिलेगा फिर से बारिश में भीगते भिगाते बचते बचाते आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ गए ये जो रिज़ोर्ट का प्लान कर रहे हैं भैया वो कुछ उसका एक झलक आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ एक पूरी फैमिली के लिए फिर अभी पहले पैर धो लेता हूँ क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया और आज ही मुझे दिल्ली के लिए निकलना भी है तो टाइम बहुत कम है शायद लाइट नहीं है फ़ोन और कैमरा दोनों चार्ज लगाना है आखिरकार भीलापुर से मेरा सफ़र पूरा हुआ और अब मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ दो तीन दिनों के लिए यहाँ पे मैं बाघुड़िया से आया हुआ था और अभी फ़िलहाल रात के लगभग आठ रहे हैं अब यहाँ से मुझे वडोदरा रेलवे स्टेशन के लिए जाना है